हाय फ्रेंड्स ये देखिए मैं आज, आज आप लोगों के लिए एक बेहद नई रेसिपी लेके आ रही हूँ ये देखिए छोटी छोटी बिगो जैसी नीम की और खाने के लिए बहुत टेस्टी है देखिए अंदर कैसे फुली फुली हुई है ऐसी रेसिपी कैसे बनते हैं और बनाती है आप लोगों को पूरी वीडियो देखना पड़ेगा तभी तो पता चल जाएगा पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ये देखिए कितनी टेस्टी और अमेजिंग है ये बहुत ही स्पाइसी है खाने के लिए बच्चे को ये बहुत पसंद आएंगे जब आप घर पे बना के बच्चे को खिलाएंगे बार बार आप लोगों को मांगते रहेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी है मैं खुद खा के ही आप लोगों को बताया है और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बेहद धन्यवाद आप लोगों को और मेरी तरफ़ से आप लोगों को थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया और मेरी पूरी वीडियो देखिए और चैनल में जाके सारा वीडियो देख देख लीजिए तभी तो आप लोगों को पता चलेगा मैंने क्या क्या वीडियो डाल के रखा है आइए ये रेसिपी कैसे बनाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं आधा पाँव सूजी लिया है और आधा पाँव आटा लिया है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर देखिए मटन मसाला मैंने यहाँ पे डाला है एक चमच अभी आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे यहाँ पे और दो तीन चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूँगी देखिए मैं दो तीन चम्मच ऑयल डाला है यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से नमक दिया करें मैं मेरे हिसाब से दे रही हूँ और हल्दी भी थोड़ी सी यहाँ पर डालूंगी मैं अभी इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिला लूँगी देखिए मैं अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिला लिया है अभी इस चीज़ों में थोड़ी थोड़ी पानी देके आटा जैसा बुन लूँगी देखिए इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आटा जैसा बुनना बेहद ज़रूरी है और अच्छी तरह बुनना चाहिए और इसको अच्छी तरह हो जाने से आप लोग ढक्कन देके रखिए क्योंकि यहाँ का पानी जो है हवा से सूख जाएगा तो ये अच्छी नहीं बनेंगी इसकी गोला ना ऐसा बनना चाहिए ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ढीला हो मीडियम साइज़ में आप लोग गोला रखिए देखिए जो रोजा आता बुनना उसको आता है वो ऐसे ही मतलब जानते हैं कैसे कि कौन सी सी आटा कैसे लगाना चाहिए आटा को लगाते समय ज़्यादा ना ढीला ना टाइट ऐसा होना चाहिए मैं पंद्रह मिनट रखने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ देखिए ये पंद्रह मिनट रखने के बाद ऐसी हो रही है अब इसको रोटी जैसा हम लोग एक लोरी लेके कर बेल लेंगे मैं मोबाइल में ये शूटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे दूसरा और कैमरा नहीं है आप लोगों के लिए बेहद कष्ट करके मैं ये रेसिपी बना रही हूँ इसीलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक रेसिपी बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है वैसे भी मेहनत होती है और आप लोग तो सिर्फ देख के इसको लाइक सब्सक्राइब ही करना है वैसे वीडियो मिलाना एडिटिंग करना उसके बाद रिकॉर्डिंग करना इन सारी चीज़ों में बेहद टाइम लगते हैं देखिए कितना मेहनत कर रही हूँ और आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब से मेरे दूसरी वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देती हैं इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो देखिए पूरी चैनल देख लीजिए विज़िट कीजिए मेरी चैनल को तभी पता चलेगा मैं क्या क्या आप लोगों के लिए वीडियो रेसिपी दे रही हूँ वीडियो बना बना कर और इन सारी रेसिपी छोटी सी टाइम में कम समय पर मतलब कम समय पे आप लोग कैसे बना सकते हैं बेहद कम खर्चे में खाने के लिए भी टेस्टी हो खर्चा भी कम हो और टाइम भी कम लगे ऐसी कैसे बनाते हैं आप लोगों को पूरी वीडियो देखने से ही पता चलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा और वीडियो पूरा नहीं देखने से आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं कभी भी स्किप लिखा नहीं करती हूँ जो भी बनाती हूँ मैं रियल में बोलती हूँ और रियल में ही करती हूँ और इस बीच में तो बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा बाद में क्या बनाया कैसे बनाया वो इसीलिए मैं इस्किप नहीं करती हूँ और चाहे मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा देती हूँ लेकिन बिल्कुल वीडियो क... को मैं बिश में स्कीप करके कभी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे विवास को कभी टेंशन ना हो ये कैसे बनाते हैं बाद में तो अच्छा दिखाते हैं विश में कैसे बनाया ये सब चीज़ें न ना, ना हो इसीलिए मैं स्किप नहीं करती हूँ वीडियो की इस, मतलब स्पीड ही बढ़ा देती हूँ इसलिए मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना या पूरा वीडियो देखना आप लोगों के लिए बनता है देखिए नज़र आ रही है शायद आप लोगों को कितनी फूली फूली हुई बना हुआ है ये और मेरे से ज़्यादा आप लोगों कि मतलब रेसिपी में ज़्यादा अच्छा हो या हो सकते हैं क्योंकि मैं तो फटाफट कर रही हूँ आप लोग घर में आराम से करने से आप लोगों की ये चीज़ बनाने से मेरे से भी ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छी हो ही जाएगी क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादातर फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये दिखा रही हूँ और मैं तो ऐसा बना रही हूँ आप लोग और भी अच्छा बना सकते हैं मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट और आई बटन जरूर देखिए आप लोग आई बटन में भी मैं कुछ रेसिपी डाल दूँगी और प्लेलिस्ट में भी डालूंगी क्योंकि प्लेलिस्ट में जो वीडियो आते हैं जो भी रेसिपी आते हैं अच्छी वाली ही रखती हूं मैं हमेशा और आई बटन में भी जो भी रखती हूं मैं अच्छी वाली ही रखती हूँ और वैसे भी मेरी वीडियो में सभी वीडियो ही अच्छी है सभी रेसिपीज़ बेहद अच्छी है नए नए जैसी रेसिपी है नए नए नए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जय जो डाल के रखा हूँ खुद की मतलब आइडिया से बनाती हूँ और खुद ही बनाती हूँ जो चिकेन मटन जो भी हो मैं बनाती हूँ खुद की आइडिया से बनाती हूँ और घर में नॉर्मल जैसे ही बनाती हूँ आप लोगों जैसे आसानी हो बनाने के लिए इसीलिए मैं उसमें छोटी छोटी हर टिप्स बताती देती हूँ कैसे बनाना है कब क्या देना है इसलिए आप लोग ज़रूर देखिए मेरी प्ले और आये बटन देखिए ये सारी मेरी थोड़ी हो ही गई बना के पूरा बना के हो गई अभी मैं आप लोगों को मतलब प्लेट में दिखाऊंगी कैसे बन रही है देखिए ये मेरी पूरी वीडियो में कैसे बन रही है देखिए यह है ना मज़ेदार और टेस्टी खाने में बहुत स्पाइसी होगा स्पाइसी होने के लिए मैं यहाँ पे क्या क्या डाल रही हूँ आप लोग देख ही रही है और आप लोग मेरी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड मेरी प्लेलिस्ट और आई बटन ज़रूर देखिए